छत को बहुत ग्रूर था छत होने का कि छत को बहुत ग्रूर था छत होने का एक मंजिल और बना छत बन गया फ़र्श इसलिए कहते हैं कि तूफान ज़्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है और घमंड ज़्यादा होती है तो हस्ती डूब जाती है